हवाबाजी नहीं बेटे स्टैरिंग हमारे हाथ में है तू तो सिर्फ टायर है हवाबाजी नहीं पुत्र स्टैरिंग हमारे हाथ में है तू तो सिर्फ टायर है और जिस खेल में आजकल तुम जीत रहे हो ना हम उस खेल के अंपायर हैं